हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले गढ़कुंडार नरेश राजा खेत सिंह की जयंती खंगार क्षत्रिय समाज ने धूमधाम से मनाई राजा खेत सिंह पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा थे गंजी स्थित गढ़कुंडार नरेश राजा खेत सिंह की जयंती उनकी मूर्ति के पास धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर खंगार क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए इस दौरान टीकमगढ़ नगर अध्यक्ष पप्पू मलिक विधायक राकेश गिरी भाजपा नेता राजेन्द्र तिवारी के साथ पूर्व विधायक के श्रीवास्तव मौजूद रहे इस दौरान बीजेपी नेता और खंडार क्षेत्री समाज के संगठक संचालक गोपाल सिंह राय ने बताया की गढ़कुंडार नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा थे और उनसे प्रेरित होकर ही उन्होंने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का प्रण किया था और निवाड़ी जिले में स्थित गढ़ कुंडार में प्रथम हिंदू साम्राज्य की नींव रखी और एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की उन्हीं की याद में तीन दिन तक गढ़कुंडार में गुंडार महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें